वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में थोड़ी सी थोड़ी सी जो है वो मतलब ऐसी बातें होंगी जो हस्बैंड एंड वाइफ को सुनना बड़ी ज़रूरी है दो शादीशुदा लोगों को सुनना बड़ी ज़रूरी है जिन लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी बीवी को या बीवी जो है वो हस्बैंड को छोड़ना चाहती है या कोई भी मामले में अभी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है ख़ुदा के लिए आपको इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें हस्बैंड एंड वाइफ़ को अगर तलाक का हक़ दिया है तो इट डज़न मीन कि आप ज़रा ज़रा बात पे तलाक ले रहे हैं या तलाक दे रहे हैं हमारी इधर शादियां बहुत जल्दी टूट रही हैं रेगुलरली बेसिस पे मेरे से पास बहुत से ऐसे वाकयात ऐसे केसेस मैं सुनता हूँ देखता हूँ लोग कोचिंग के लिए आते हैं मैं हैरान होता हूं इन लोगों को देख के कि यार थोड़ी सी टॉलरेंस अगर हो जाती तो घर बच जाता आप थोड़ी सी कोशिश करके अगर घर बचा सकते हैं तो बचा लें और थोड़ी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इट्स ओके कोई बात नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है देखिए जब दो लोगों में से जब दो लोगों ने एक साथ चलना होता है तो याद रखिएगा ये कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों बराबर ही रहें किसी एक को नीचे होना पड़ता है और किसी एक को ऊपर होना पड़ता है कभी किसी एक को फिर ऊपर होना पड़ता है और कभी एक को नीचे होना पड़ता है बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें चलती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने जो हमारे, हमारा हमारा माइंडसेट सेट डिवेलप कर दिया वो यही कर दिया है कि अगर ठीक है नहीं बनती तो तलाक ले लो आप तलाक ले सकते हो बट जस्ट थिंक अबाउट उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन बच्चों को आपने जन्म दे दिया है और जिन बच्चों को आप इस दुनिया में ले आए आप जरा उनके बारे में तो सोचें यह नहीं मैं कहता कि आप जुल्म बर्दाश्त करें ज्यादा बर्दाश्त करें लेकिन थोड़ा सबर भी तो करें आपका थोड़ा सा सबर बहुत कुछ बदल के रख सकता है जी हां मैंने बहुत से लोगों को बदलते देखा है सिर्फ एक सबर की बेस पर सबर का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने वक्त का इंतजार करें सबर का मतलब होता है आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें और फिर उसी पर मामले छोड़ दें और सबर का रास्ता आपके लिए मुश्किल जरूर होगा ये आपके लिए तकलीफ दे भी होगा या आपके लिए अजियतनाक भी होगा बहुत चीजें होंगी लेकिन इसके बदले में जो अल्लाह आपको देगा वो वो क्या आप समझते हैं कि वो कम है क्या आप समझते हैं कि आप दुनिया में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं आप नहीं उसका कंपैरिजन कर सकते आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखी है जो दुनिया में सब्र करता है जो जो घर तोड़ने की बजाय घर जोड़ने पर यकीन रखता है मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है कि जो शायद पहले जिनका फैसला था कि हम अलग हो जाएं, लेकिन जब उन्होंने सब्र किया और उन्होंने घर को बचाने की कोशिश की बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि हमारा यह फैसला अच्छा था अल्लाह का करोड़ हर दफा एहसान है कि मेरे पास जितने भी लोगों ने कभी मुझसे कांटेक्ट किया मैंने कभी भी तलाक प्रेफरेंस में नहीं रखी मैं एक ही चीज पूछता उनसे कि क्या आपने हंड्रेड कोशिश की क्या कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में हो कि काश मैं ये कर लेता कर लेती तो मेरा घर बच जाता तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर हां ये कुछ चीजें हम अगर कर लेते तो या कर लेते हैं तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं कभी भी तलाक को फर्स्ट चीजेंटी ना रखें आप हर बार ये ना सोचे कि मर्द की गलती हो सकती है हर बार ये ना सोचे कि सिर्फ औरत ही गलत होगी गलती किसी की भी हो लेकिन उसका सबसे ज्यादा खुमियाजा जो है वह औलाद को भुगतना पड़ता है आज अगर आप किसी की चंद बातें बर्दाश्त कर लेंगे चंद बातें आप जरा सोचें इसका इसका अल्लाह के हां आपका कितना बड़ा दर्जा हो जाएगा आपने वो चंद बातें बर्दाश्त की सिर्फ अपनी औलाद की खातिर सिर्फ उस इंसान की खातिर के चलो कोई बात नहीं कभी ना कभी तो ये इंसान समझ जाएगा और अगर नहीं भी समझेगा तो कोई मसला नहीं मुझे इससे मसला तो जरूर हो सकता है लेकिन कभी मुझे अपनी उलाद से मसला नहीं हो सकता आप अगर अपना माइंड बदल लें तो आप बहुत सी चीजें बदल सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी अगर वो थोड़ी सी चीजें आप बदल लें मैं ये अगेन नहीं कहता कि आप अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको कोशिश तो एक बार करें अगर नहीं होता तो फिर तो एक अलग बात है लेकिन पहले एक बार कोशिश तो करें कुछ कुछ देर पहले एक लड़की ने मुझसे रबता किया था और जब उन्होंने रबता किया तो उन्होंने कहा कि सर मैं टोटली फैट अप हो गई हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हमारा कोई गुजारा नहीं है और मैं जो है मैं इस बंदे से तंग आ गई हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ मैं खुद जॉब कर सकती हूँ मैं एम मैंने किया हुआ है मैं बहुत लाइक like, अपने आप को संभाल सकती हूं मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ यह कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ वो लड़की वो मोहतरमा बोलती रही मैंने उनको खामोशी से सुना मेरा सबसे पहले उनसे सवाल था कि आपके बच्चे कितने हैं सर हमारे तीन बच्चे हैं मैंने कहा इन तीन बच्चों का क्या होगा मैं खुद कमा सकती हूं मुझे इस इंसान की क्या जरूरत है मैं कमाऊंगी मैं जॉब करूंगी और मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी मेरा दूसरा सवाल था कि क्या आपके बच्चे आप समझती हैं कि आप पाल सकती हैं आप तो जॉब पे होंगी फिर इनको कौन पालेगा सर मैं मेरी वालदा के पास रहेंगे मेरे बहन भाइयों के बच्चों के साथ ये खेलते रहेंगे ये उनकी सबसे बड़ी गलती कि वो ऐसा सोचती थी। उन्होंने एक माइंड में पैटर्न बना लिया था मेरे घर वाले कहते हैं इस मर्द को छोड़ दो मेरी माँ बाप कहते हैं कि इस मर्द को छोड़ दो बहन भाई कहते हैं हर कोई मेरी तरफ कहता है कि इस बंदे को छोड़ दो आपके पास आई हूं आप एक मशुरा दें कि क्या मुझे ऐसे इंसान को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए मैंने उनसे एक बार कहा कि अगर आप मेरी तरफ आई हैं तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पे सच पे सच पे रह के फैसला कीजिएगा इस तराजू में रख के फैसला कीजिएगा कि आपने जो मुझसे कहना है वो सच कहना है सच के सिवा आपने कुछ नहीं कहना आपने झूठ नहीं बोलना मुझसे क्या आपका हस्बैंड आपको मारता है जी सर मारता है कभी कभी वो मुझे गालियां भी देता है कभी कभी मुझे ये भी करता है कभी कभी मुझे जो है वो घर से भी निकाल देता है ये उनके अल्फाज थे मैंने थोड़ा सा उनको रिलैक्स किया और फिर मैंने सवाल किया कि आप मुझे बताएं आपके हस्बैंड क्या करते हैं सर वो तो जॉब करते हैं अच्छा वो कितने बजे घर आते हैं सर वो कभी छह बजे कभी साढ़े छः बजे ठीक है वो संडे कहाँ गुजारते हैं सर संडे को तो वो लेट के गुजारते हैं घर में गुजारते हैं यहां से मुझे बात क्लियर होना शुरू हो गई थी क्योंकि यहां ये यह सवाल क्यों थे इसका लॉजिक आपको एंड पे खुद ही मिल जाएगा उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि वो जो कमाते हैं वो ज्यादातर पैसा कहां लगाते हैं या जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो चीजें के, के, के लिए खरीदते हैं सर वो अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं मतलब एक इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है अच्छा वो संडे को कभी आपको लेके जाते हैं जी हाँ वो लेके जाते हैं लेकिन कभी कभार आपकी हफ्ते में कितनी बार लड़ाई होती है सर एक दो बार तो लाजमन लड़ाई हो जाती है अच्छा वह लड़ाई शुरू कौन करता है यही शुरू करते हैं जब ये ऑफिस से आते हैं इनका मूड खराब होता है तो लड़ाई हो जाती है मैंने फिर उनसे पूछा आप जरा दिमाग पे अगेन जोर डालें और मुझे बताएं कि जब आप ये घर आते हैं तो कौन बात शुरू करता है आ, सर मैंने जो इनको चीजें कही होती हैं ये वो चीजें नहीं लाते तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं इनसे जो है ना वो पूछती हूं तो ये आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं मैंने फिर कहा कि आप फिर एक दफा सोचें तो फिर उन मोहतरमा ने बताया कि मैं थोड़ा सा इनसे गुस्से से बोलती हूँ तो जिसकी वजह से ये मेरे से गुस्से से बोलना शुरू हो जाते हैं मैंने कहा जरा एक तरफ इस जिंदगी को रख के जरा दूसरी तरफ एक जिंदगी देखें अगर आप वो आए आप चीजों के बजाय उनसे एक गिलास पानी पूछें, उनसे पूछे कि आज आपका दिन कैसा रहा उनके लिए खाना निकालें तो क्या आपकी लड़ाई होगी क्या वो गुस्से में रहेंगे जिसमें वो लड़की खामोश हो गई और वह सोच में पड़ गई मैंने कहा देखे आप तलाक ले लेंगी लेकिन आप एक ऐसे इंसान से तलाक ले रही हैं जो बुरा नहीं है बुरा आप उसे कर रही हैं आप अगर किसी मर्द को आते साथ ही बगैर किसी वजह से ऊँची ऊँची उसे बोलना शुरू कर देंगी और अपनी बदजुबानी उसके सामने लगाना शुरू कर देंगी तो अच्छे से अच्छा मर्द भी आपके साथ बुरा हो जाएगा आप भी बुरी नहीं हैं बुरा वो भी नहीं है बुरे वो लोग हैं जिनको आप अपने घर की बातें बता रही हैं आपको वो सच्चा करते जा रहे हैं और उस बंदे को वो झूठा करते जा रहे हैं आप यकीनन ये बातें अपने घर में बताती होंगी तो घर वाले कहते होंगे नहीं नहीं बेटे तुम पर जुल्म हो रहा है बेटे तुम्हें तो ऐसे इंसान के साथ रहने ही नहीं चाहिए बेटे तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो आप सबसे पहली अपनी गलती ये कर रही है कि आप मियाँ बीबी जो एक लिबास है उनको नंगा कर रही हैं अपने लिबास को खुद बेपर्दा कर रही हैं खुद लोगों के सामने कर रही हैं इस गलती से बचें और इस दौर में अल्लाह ने आपको एक अच्छा शोहर दे दिया है जो बाहर नहीं जाता जो गलत काम नहीं करता जो घर में रहता है जिसे अपनी बेटियों से मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत है इस सब के बावजूद भी वो आपके साथ है आपकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर रहा है मर्द एक बात कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता बदजुबानी नहीं बर्दाश्त कर सकता बदकलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता आप अगर कोई मर्द ये वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज़ अपने इस माइंड को बदल दो अगर तुम्हारी बीवी तुमसे बदतमीजी करती है तुमसे कुछ भी करती है ना और अगर तुम्हारा शोहर भी आपसे बदतमीजी करता है ये एवर जो भी करता है आप शोहर को ना देखें आप बीवी को ना देखें आप उन बच्चों को देखें आपको नो डाउट अच्छी बीवी मिल जाएगी आप नो डाउट आपको अच्छा शोहर मिल जाएगा क्या उन बच्चों को बाप मिल सकेगा क्या उन बच्चों को माँ मिल सकेगी लिटरली मैंने एक जिंदगी गुजारी है बगैर बाप के मैं समझता हूँ कि मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ भी मिल जाती ना सारी चीज़ें बस एक बाप मिल जाता एक तरफ सारी चीजें और एक तरफ बाप तो मैं बाप को प्रेफरेंस देता मैं कभी भी इन चीजों को प्रेफरेंस ना देता इंसान के नजदीक जो सबसे कीमती चीज है वो मां बाप हैं आप छोटी छोटी बातें किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप समझते हैं कि मुसलमान के लिए जिंदगी अल्लाह ने जन्नत रखी है सर कांटे पे खड़े होने का नाम है यह जिंदगी मुसलमान के लिए और आप यहां खुशियां तलाश रहे हैं और आगे क्या पता आपको अल्लाह तला ने जो इंसान दिया है वही दुनिया का परफेक्ट इंसान है और आपने उसको थोड़े से सबर से अगर बदल सकते हैं तो आप जरूर बदल दें मैंने उस लड़की की सोच बदल दी मैंने उसे एक आईना दिखाया कि आप तलाक लेंगी आप जॉब करेंगी जॉब के बाद क्या होगा कि आप शादी कर सकेंगी नहीं कर सकती दो बेटियां आपकी और बेटियां अगले पांच दस सालों में जवान हो जाएंगी जिस इंसान से आप शादी करेंगी आप जवान है तो वो आपके साथ है जैसे ही आप बुढ़ी होंगी फिर उसकी नजर आपकी बेटियों की तरफ हो जाएगी और जिस जगह पर आप जॉब करेंगी आपको क्या गारंटी है जो बॉस है जो एचआर मैनेजर है जो आपका टीम है वो आपकी तरफ गंदी नजर नहीं देखेगा अभी तो आपको मर्द की जरूरत नहीं महसूस हो रही यूज़लेस बंदा बनाया मर्द की जरूरत नहीं है याद औरत की एक बर्दाश्त है जब उसकी बर्दाश्त क्रॉस होती है ना तो फिर वो मर्द की तरफ भागती है वो दौड़ती है और जब आप हलार रिश्ता आपकी तरफ नहीं होगा तो फिर आप भी हराम रिश्ते की तरफ चल पड़ेंगी ना चाहते हुए भी गुना में पड़ जाएंगे मेरे इन अल्फाजों ने उस लड़की की सोच बदल दी और कुछ देर बाद उसने मेरे से दोबारा कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि सर मेरी जिंदगी माशाल्लाह पहले से बहुत बहुत बेहतर से बेहतरीन हो गई है और आपने ठीक कहा था मैं जो कर रही थी वो मैं गलत कर रही थी क्योंकि बात सिर्फ अच्छे नसीब पे नहीं होनी चाहिए बात अच्छी तरबियत पे भी होनी चाहिए औरत का जेवर है अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत में जो सबसे टॉप लिस्ट पर जो चीज़ आती है वो अच्छी ज़ुबान है अच्छे अखलाक हैं मैं मर्दों को भी ये चीज़ गाइड करूँगा कि आप खुदा के लिए अपनी बेगम को कभी रसुवा ना करें कभी उसे दुख दर्द तकलीफ ना दें और कभी अगर कोई आपको देता है तो बर्दाश्त करें अगर दोनों में से कोई एक देर है तो मामला अल्लाह पे तो छोड़ के देखें बाज़ दफा हमारी थोड़ी सी खामोशी हमारी बहुत सी चीज़ों को बदल के रख देती है थोड़ा खामोश होना तो सीखें यह कोई जहलाना अप्रोच नहीं है यह कोई जहलाना सोच नहीं है आप सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी में ये जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं इस कल्चर के जो फॉलोवर्स हैं जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने इसको इजाद किया आज वो कितने डिप्रेशन में हैं आज वो कितनी अजियत में हैं आप दीन से हटके जिन लोगों के पीछे लगेंगे ना चंद ही सालों बाद आप देखेंगे कि वो लोग एक गढ़े में एक खाई में गिर रहे होंगे और तब आप रोएंगे पछताएंगे कि इन लोगों के पीछे हम लगे इन लोगों के पीछे हमने सीखा इन लोगों से हमने सीखा खुदा के लिए अल्लाह से सीखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की किताबों से सीखे उनके बताए हुए अहकाम से सीखे जिंदगी इसी का इनाम है आप हो नहीं सकता कि आपको कोई तकलीफ दे और वह बंदा बहुत देर तक आपको तकलीफ देता रहे अगर आपकी बर्दाश्त है ना वो तकलीफ देने वाला बंदा एक वक्त आएगा किसी से बदला लेना ना मैंने यह चीज सीखी है उसके साथ रहो उसे कुछ ना कहो मामला अल्लाह से जोड़ दो खुद ब खुद वह बंदा गुटरों पर आ जाएगा और कहेगा यार मैंने गलती किया मुझे माफ कर दो उस वक्त का इंतजार करो तब तुम दो दो लोग हो गए बच्चों के माँ बाप हो गए यार छोटी छुट छोटी बातों पर तलाक ना दो ना लो तलाक देने और लेने से पहले अगर आप समझते हो कि नहीं बस एक बार अपने आप से पूछना क्या मैंने अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट दिया क्या यह इंसान वो नहीं है कि जिसके साथ मुझे अब नहीं रहना चाहिए क्या मैं जिस नजरिए से जिंदगी को देख रहा हूं क्या वो नजरिया ठीक है और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तबीयत ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ गुजार लिया करो इस पर मैं इनशाला लेटर ऑन वीडियोस बनाऊँगा और मैं पेरेंट्स को बताऊँगा कि कैसे एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना है कैसे एक दूसरे की बातों को अच्छे मीनिंग्स फाइंड आउट करना है और कैसे हमने इन रिश्तों को सिक्योर करना है हमारा मकसद ये कि यार तलाकों को बहुत कम करो यार बहुत ज़्यादा होती जा रही है आए दिन कोई ना कोई ख़बर मिल रही है आए दिन रोज़ाना पता नहीं कितने कितने लोग तलाके ले रहे हैं और दे रहे हैं कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं अपनी बहन बेटियों को खुद ही अपने ही हाथों से उजाड़े हैं थोड़ी सी बदतमीज थोड़ी सी ये तो यार आप अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर लो ना आप अगर किसी का बेटा बदतमीज है तो आप अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर लेना आप क्यों थोड़ी सी बर्दाश्त से अगर चीजें बदल सकती है तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो इसके बदले में अल्लाह तला हमें बहुत कुछ दे देगा वीडियो काम यही करते आपका बहुत ख्याल रखेगा मुझे दो हमें याद रखेगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल